फ्री फायर में रैंक पूछ तो आप सभी लोग करते हो लेकिन क्या आप लोगों को पता है रैंक सीजन वन में कितने पॉइंट चाहिए होते थे हीरोइक जाने के लिए आपका गजब का नॉलेज एडिशन करेंगे प्लीज इस शॉर्ट को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक्चुअली फ्री फायर में रैंक का कोई सीजन वन था ही नहीं सीजन टू ही था जो पहला सीजन था सीजन वन आने के बाद तुरंत चला गया था तो टेक्निकली सीजन वन नाम का कोई चीज था नहीं तो सीजन वन का कोई हीरोइन का प्लेयर हो ही नहीं सकता है अब रही बात आज के की तो आज के दिन आपको 3200 32, यानी 3200 का स्कोर करना पड़ता है हीरोइक जाने के लिए और सीजन में जो सीजन वन था से, उसके पे आपको अट्ठाईस करना पड़ता था हीरो मिलता था ये जलता हुआ ईगल वाला टू का ये था रैंक का बैनर और आपका हाई स्टार्स तक का रैंक स्कोर कितना रहा है नीचे कॉमेंट बॉक्स पे जरूर